फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने वाला हूं इसमें आपने जो भी कोरोना वायरस की जो भी वैक्सीन लगवाई है उसका सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो फ्रेंड्स सबसे सब पहले आपको मोबाइल लेना है और यहां पर गूगल को ओपन कर लेना है और यहां पर टाइप करना है डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट को विन इसका लिंक मैं आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दे, दे दूंगा उसके बाद यहाँ पर ओके करना है और यहाँ पर देखिये इस तरीके से वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी यहाँ पर ये देखिये ये आ गई इस तरीके से अब आपको करना क्या है नीचे स्पाल डाउन करके आना नीचे यहाँ पर आपको दिख जाएगा देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है डाउनलोड सर्टिफिकेट यहाँ पर ये यह यहाँ पर लिखा हुआ डाउनलोड सर्टिफिकेट इस पर करेंगे क्लिक तो आपने जो भी नंबर वहां पर दिया था यहाँ पर देखिए लिखा हुआ योर मोबाइल नंबर उस, उसी को यहाँ पर टाइप कर देना है जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर गेट ओ पर कर देना है क्लिक यहाँ पर देखिये थोड़ी देर में ओ आ जाएगा करता हूं। यहां पर पर पर पर मैंने OTP कर दिया उसके बाद देखिए लिखा है है करना क्लिक तो यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है उनचास डेज में यानी कि काफी दिन हो गए हमको इसमें लगवाए हुए यहाँ पर जो भी रहेगा आपका आपने जो भी वैक्सीन लगवाया है यहाँ पर लिखा रहेगा तो भी डोज रहेगा यहाँ देखिए जैसे हमारा क्या हुआ है यहाँ पर देखिए डोज फर्स्ट लिखा हुआ है इसमें डोज फर्स्ट दिखा रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ देखिए सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट वाले पर जैसे क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा देखिए अभी इस पर करते हैं क्लिक यहाँ पर ये सर्टिफिकेट वाले पर, पर देखिये मैं इसको एक बार डाउनलोड कर चुका हूँ दोबारा से पूछ रहा है कि आप फिर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर कर देना है क्लिक आप पहली बार कर रहे हैं तो आपका डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा तो ये देखिए डाउनलोड कंप्लीट हो गया है इस पर करते हैं क्लिक यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स डाउनलोड हो गया है तो इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट को भी प्रॉब्लम आती है तो सो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें अगर आप इस चैनल पर नाएँ तो सो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें